ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे करके करके पकड़ के दबाओ ओ आ गया जोर से दबाओ से से से से दबाओ दबाओ तो तू बोल रहा हूँ मैं तो गला दबा दूंगा oh, ये कड़ी पत्ता दे, हाँ तो तो ये है कड़ी पत्ता। आंटी जी करके कड़ी पत्ता पत्ता आंटी मेहनत करके दिखाने मुझे मुझे लेके आई और मैंने इनके तोड़ देने थे <laughs> <laughs> तो चलना भी नहीं आता था। yeah, yeah, yeah, yellow, so it's, it's अच्छा जी hmm. इसके इसे मत तोड़ो। हाँ जी गेहूँ नहीं तोड़ती ऐसे ऐसी चल रही ये देखो फाइनली गाइस मैं निकल अब फिर से निकलना इनके अंदर से ओहो दिखा आपको ये तो ये कड़ी पत्ता रास्ता बस अब मुझे कोई कड़ी पत्ता नहीं देखना कुछ नहीं देखना मैं <laughs> मैं मैं तो मैं तो पत्ता पत्ता जी निकल के आई इतनी मुश्किल से आंटी क्या करने लग आप हैं गया लकड़ियाँ मुझे भी हाँ अब रोटी तो बनानी आती है मुझे चूल्हे पे भी बनानी आती चूल्हे पे बनाएंगे आज रोटी बना हाँ, आज बनाऊंगी ठीक है आंटी डन मैंने तोड़ी थी आंटी कह रहे नहीं तोड़ दी है तोड़ देती है ऐसे ऐसा कुछ नहीं है भाई यार आंटी डी जाते हैं केरे नहीं तोड़नी देखो अब तोड़ दी रखी तोड तो चलो आपको आज दिखाते हैं दूध कैसे निकालते हैं ये देखो गाय से मुझे कैसे देख रही है चमक चमक है से भी तो हद तो, तो सोच रही हूं है यार यार इस गांव में ना आपको फसलों के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा सारी जगह फसलें ही फसलें हैं मतलब एक बिल्कुल छोटा सा रास्ता जा रहा है आने जाने का उसके अलावा यहाँ पे कुछ है नहीं है मतलब बहुत अच्छा नेचर है यार गर्मियों में तो इनको ठंडी नहीं लगती होगी ना इनको ए की ज़रूरत पड़ती होगी मतलब सॉरी सर्दियों में ठंड ज़्यादा लगती होगी गर्मियों में गर्मी नहीं लगती क्योंकि फसलें बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं ना तो इन लोगों में तो ए की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से मुझे तो ऐसे लगता है तो यार अच्छा है ना यहाँ का नजारा भी गाँव का नजारा भी देखना चाहिए इंसान को <laughs> पागल होगी लड़की वो ये सोच रही होंगे ना तभी हंस रही है यार सब हंसते हैं मुझके मेरे ऊपर मतलब जब भी मैं कही पे भी जाती हूँ सब हंसने लग जाते हैं अच्छा आ गई आ गई ओ गई भाभी बुला रहे हैं मुझे कह रहे में दूध निकाल आ जाऊँ कहीं उनकी भी मुझे देख के घर जाए चलते हैं हैं हैं हम इस रास्ते से ये पे तो पानी पानी पानी के के आ रहे पानी पानी भाग जाते जल्दी हमारे ऊपर ऐसे पानी आता है ना तो हेलो हेलो गाइस भाई देखो दूध निकाला जाएगा अब यहाँ से अभी निकालते हो वाह ना अच्छा, ना ये डरे ना ये डरेगी सही है है <laughs> देखो यहाँ पे अब निकाला जाएगा पीछे तो अभी निकाल देती मैं मेरा भी कभी कभी मन करता है। ऐसा कुछ करने का पर मुझे डर लगता है कुछ नहीं आप निकाल लो निकाल लो कोई टेंशन नहीं है कोई टेंशन नहीं नहीं है दबाना पड़ेगा इसको। डर लग नहीं डर लगेगा oh. ऐसे दबाओ ना जोर लगाओ आएगा? मैं ऐसे ऐसे। ऐसे इसको करो जोर से दबाओ इसको। के लगेगा? लगेगा। नहीं ऐसे करो, ना जोर से नहीं होगा दर्ण की नहीं निकल रहा ऐसे करके ऐसे पकड़ के ऐसे दबाओ <Fifth dove. laughs> <हाँगा। सुँद> इसको फिर थो थो आएगा दूध इसमें दू जोर जोर जोर जोर जोर से से से से से दबाओ दबाओ से, से दबाओ तो, तो गाइस ये देखो यहाँ पे आटा निकाला जा रहा है गेहूँ का वाव ये यहाँ पे चक्की चल रही है क्या बात है क्या आपने क्या बोला था कॉफी लैम कॉफी पीने के लिए अच्छा उधर से आए हो आप ओहो कॉफी पिलानी थी मुझे ओए मैं यहाँ पे आके वीडियो बनाने लगी है मुझे कॉफी पिलाने आए थे यार हो हो कोई बात नहीं कल पियेंगे हम कॉफी ठीक है? बाबू कल पियेंगे कॉफी कोई बात नहीं अरे यार वहाँ पे दूध निकालने गई थी ना मैं दूसरे वाले साथ वाले घर में वो कॉफी के लिए पिलाने आये हो मुझे वाह कितनी खुशी होने क्या दीदी कॉफी के लिए आवाज लगाई थी तुम तो इधर आ गई तुमने भाई में काम करने आई थी मुझे काम आ गया था इसलिए मैं इधर आ गई थी तो अभी बच चुके हैं रात के साथ और मैं बैठी उस सचिन भाई के घर पे ये देखो ओह भाई की कंधे दबाए जा रहे हैं मम्मी की खुद के कंधे दर्द हो रहे हैं लेकिन बेटे की दबा रही है अच्छा तुमने दबाए है तुमने दबाए होंगे कंधे बोल रहा मैं तो गला दबा दूंगा कैसा आई आज आज इसकी कुटाई करेंगे मैं कब कब से से आई हुई और अपने फोन पे लगा हुआ है अभी कह रहा मैं YouTube पर थर्मल बना रहा हूँ बताओ हद है इसकी अब तू चाटे खाएगा देखना पंजाबी में पंजाबी में चाटे खाएगा चाटे देख लीजिए दो पीटने वाले <laughs> तो, आज तो आज ये, ये बेचारा कब से कह रहा रहा है लग दीदी आज मेरी पिटाई करेगी तो बैठी हूँ तो से से तो आप घूमे जा रहे हैं बाहर इधर उधर सुनी नहीं रहा बात मेरी मैंने कहा मेरा ठीक करते ये अपने काम पे लगा हुआ थे सुबह से अभी चांदे खाने वाला से इसके अब चाटे है तो यारे बैठ के आग देख रहे हैं ये देखो फोन चला रहा है अपना उधर आंटी जी ना दाल चूरमा बना रहे हैं हमारे लिए ऐसे देखो ऐसे बनता है दाल चूरमा आग में चूल्हे पे क्यों नहीं बनाया चलो करती कढ़ाई बात है अच्छा बड़ी बड़ी के लाइ में बनेगा तो गाइस ये थोड़ा ऐसे बनती है ये क्या बनती है ये आटा है आटा नहीं आता तो ये बना क्या रहे हो मुठिया मुठिया अच्छा वो तो चूरमा आता वो बनेगा ऐसे हां ओके okay, तो भाई इससे चूरमा बनेगा देख लो आप लोग भी और पता है आपको और ये जो घी है ना पूरा प्योर देसी घी है में, घर के घी में चूरमा बन रहा है यार भाई। इसको बोला था, खीर खानी है दूध निकाल दे निकालना इसने दूध जाके देख लो ऐसा है ये देखो प्योर घी ऐसा घी देखा है भाई नहीं देखा हमने तो प्योर घी तो पहली बार देखा है मैंने क्योंकि मेरे घर में उनका भैंसे है <laughs> मैं <laughs> तो <laughs> <laughs> <laughs> भाई जाके पांच दिन हो गए नहीं क्या था पानी का काल पड़ गया मुबे में तो बिरी के पानी से कल आया था आज नहीं नहाया हाँ इतना अमीर होना चाहिए इंसान को कि बिस्लरी के पानी से नहा के आया पिछले दिन ऊट पी सके तो यार बन जाए फिर दिखाते हैं आपको टेस्टी लग रहा है खाने में आज तो मस्त मस्त खाना मिलेगा खाने के लिए थैंक यू कितना मजा आ रहा है काम करके तोरा है गाइस बहुत मजा आ रहा है ये काम करके पर भारी है मुझसे भी ज्यादा है अब ये चूरमा रेडी होगा इसको अब चूरमे को पूरे अच्छे से तैयार करके फिर खिलाया पिलाया जाएगा जा तो खाके देखेंगे कैसा होता है यदि तो, तो बन गया अपना दाल चूरमा ये देखो ये देखो देखो मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है यार यही हो जाता है वीडियो के चक्कर में ठंडा होने लग मैं वीडियो बनाती रह जाती हूँ इसलिए मैं ठंडा हो जाता लेकिन अभी तो मैं खा रही हूँ तो देखते टेस्ट करके कितना अच्छा है टेस्टी तो तो तो। तो तो मीठा मीठा मीठा मीठा है। तो है है। ना क्या? बनता बनता अच्छा मुझे मुझे नहीं पता तो तो रोटी खाऊंगी मैं तो एक आधी में <laughs> तो गाइस मेरा खाना पीना तो हो गया दाल चूरमा इतना टेस्ट था कि वह जो मतलब तो चलो यार हमने खाना पीना खा लिया अब हम आपको बाद में मिलेंगे और हाँ गाइस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार मैं अपना पूरा स्टल दिखा रही हूँ आपको आपको पता है ये सब कंधे सब कुछ दर्द है मतलब इतने भारी भारी बैग उठा के जहाँ मैं आई हूँ ना ये भाई ने बोला था बहन शर्म कर ले इतने बड़े बड़े बैग किसने लाने को बोला था देखा सोया नहीं यहाँ ये ड्रामा कर रहा है यार सोरी ना फोन पर बातें कर रहा है मेरी भाभी के साथ चलो चलो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉक में बाय बाय अपनी भारतीय यात्रा ऐसी कंटिन्यू रखेंगे हम और हमारी भारतीय यात्रा में जुड़े रहिए बाय बाय